ये, ये पैसे है, है ना तो मैंने तो आपको कैश लाने के लिए बोला था आप तो लिया। तो चिल्लर पर आप देख सकते हो ये हम शोरूम और आज हम क्या करने वाले हैं चिल्लर से खरीदने वाले हैं कार भाई लोग हमें कुछ भी नहीं पता चिल्लर से वो कार देंगे या नहीं शोरूम वाले और कुछ ऐसा लुक है अंदर का यहाँ पर आप देख सकते हो यार यही देखते हो यारग रही है वो देखना भी आता है क्या और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो तो, नहीं नहीं वो लेंगे यार ये वाली और इसको तो से तो हैं तो, तो भाई लोग जो ये है ना बलोरा ये हमारे को बिल्कुल पसंद आ चुकी है तो चलिए इसकी प्राइस पूछते है की इसकी प्राइस क्या है जो ये बलोरा है ना वो हमारे को परचेज करनी है तो मतलब इसकी क्या प्राइस है और क्या होगा हमारा तो आपको बताएंगे। तो कहाँ पर है, है। तो गैस पता नहीं जो अपने को कार मिलेगी या नहीं सिक्कों की मदद से तो चलिए चलते हैं देखनी है लिए नमस्कार सर नमस्कार सर तो हमारे को बलोरो परचेज करनी है जो ये टॉप मॉडल है ना वो हमारे को पसंद आ चुका है तो भाई लोग देखते हैं गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर है यह है बोलेरो बीसी ऑप्शन बोलेरो का टॉप मॉडल है सिस्टम है चारों पार्ट विडोर रिमोट सेंटर वर्किंग है और इसकी जो कीमत है वो पड़ेगी अपन को नौ लाख बासठ हजार है और ग्यारह लाख रोड पड़ेगी ग्यारह लाख इक्कावन हजार तो मतलब कि 12 लाख के बजट में आ जाएगी ये बिल्कुल सर बिल्कुल तो आप जो पेमेंट है ना हाँ। वो आप कैसे लोगे पेमेंट देखिए या तो आप चेक दे दीजिए या हाँ। फिर जो हमारे अकाउंट में आर करवा दीजिए लेकिन हमारे पास तो पूरा कैश है कैश है कितना कैश होगा पूरा 12 लाख है 12 लाख रुपए हाँ कैश यही है ठीक है मैं अपने सीनियर ऐसी बात करके ले लूँगा ठीक है थैंक यू सर थैंक यू तो भैया बात तो हो चुकी है पता नहीं साइड में चलते हैं पता नहीं गए बात तो हो चुकी है और बाकी हमारे पास टोटल चिल्लर है बाकी जो कैश है ना वो तो ले लेंगे ये और आगे पता आगे नहीं तो चिल्लर से देंगे या नहीं पता तो ही नहीं कि तो जल्दी कैश लेके आते हैं ये एक है, ये पैसे है ना तो मैंने तो आपको कैश लाने के लिए बोला था आप तो चिल्ला लिया तो कैश ही तो है लेके आ रहे, तो रहे हैं है? तो है, तो है। बाकी गाड़ी में बढ़ा है इतना सारा है ऐसे तो... पूरे हमारे पास बारह लाख रूपए है और इसकी आपको बोलेरो चाहिए तो तो इसके लिए तो मेरे को अपने जो सीनियर थे उससे मुझे एक बार अप्रूवल लेना पड़ेगा पूरा कैश चल जाएगा अरे तो कैश का बोला थाने के लिए आप फिर और किन से बात करोगे मैं मेरे सीनियर से एक बार बात करूंगा इस संबंध में नहीं करेंगे चलो ठीक है सर करवा देना आप वीडियो बन रही है मैं कोशिश करूँ ठीक है सर अब भाई वो अपने सीनियर से पूछने गए हैं और पता नहीं जो अपना काम है ना वो होगा या नहीं भाई लोग अभी तक हमने केवल छः कट्टे खाली किए जिनमें उनकी हालत ख़राब हो गई और मुझे नहीं लग रहा भाई जो ये अपना काम है ना वो हो पाएगा और क्या होता है अंदर देखते हैं गुड मॉर्निंग सर हमें कार खरीदनी है ठीक बलोरा टॉप मॉडल और हमारे पास है चिल्लर सिक्क है टोटल बारह लाख रुपये एक एक रुपये की चिल्लर नहीं नहीं मतलब सर करो भाई। या। मेरे नीचे करना पड़ेगा या फिर देखिए मैं बात कर लेता हूँ आप ऐसा करते हैं सिक्के इनके काउंट करवा लेते हैं ठीक है और अपन इनको गाड़ी देगी ठीक है आप हैं। आप तो चल गए अपना और जो अब अपन गाड़ी लेने वाले है ना वो सिक्को की मदद ऐसी लेने वाले थैंक यू सर ऑल द बेस्ट भाई मजा आ गया बहुत बहुत शुक्रिया आपका तो भाई लोग अब पूरा का पूरा स्टाफ यहाँ का इन सिक्को को गिनेगा उन में आराम से बैठे थे आराम कर रहे थे लेकिन अब उनके पास जो काम है ना वो काफी ज्यादा हार्ड है उनको टोटल बारह लाख रुपए गिनने हैं जी हाँ दोस्तों भाई लोग पूरे एक एक रुपए के सिक्के हैं और ये तो केवल अभी छह कट्टे हैं हमारे पास ऐसे चालीस कट्टे और हैं तो चलिए काम को स्टार्ट करते हैं अब काफी ज्यादा बड़ा काम है ये आइए भाई काउंट कर लीजिए और आपको कैसा लग रहा है अरे कैसा क्या लग रहा है आज तो आपने हमें बड़ी परेशानी में डाल दिया अरे सारे सिक्के तो हमने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखे किसी को गाड़ी देने के लिए इसको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है अब मजा तो आ ही रहा है एक तरह का की पहली बार हमने जो है इस तरह का जो है देखा है की भाई कोई लोग कोई आदमी इतने सारे सिक्के लेके हमारी बॉलर लेने के लिए आया है तो गाड़ी एक्साइटमेंट भी लग रहा है हमें अच्छा भी लग रहा है आपको गाड़ी देने में आपने अभी तक टोटल कि सर ये अभी 10000 तक गिन चुके हैं 10000 तक तो आप देख सकते हो मतलब कि दस हजार सिक्के गिने जा चुके हैं और लगातार काम को फटाफट किया जा रहा है ताकि आज हमारे को शाम को जो अपनी कार है वो मिल सके और बाकी जो ये काम है ना वो आपको कैसा लग रहा है सर ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाला काम है इतने सिक्के और इतनी वो कार महंगी और इतने सिक्के लेके आए आपको मजा तो आ रहा है इस काम में क्यूँकी आराम से आप बिल्कुल आराम कर रहे थे और एक बिल्कुल आपके सामने एक मज़ेदार काम आज इंटरेस्टिंग लगा ये सब पहले हमने आज तक अभी ऐसा कुछ देखा नहीं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग की ऐसा तो नहीं कर सकता आपको मिस्टेक वगैरह मेरा नुकसान हो जाएगा वापस जाऊँ नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर सारे लोग इसी तरीके से सिक्कों से कार खरीदे तो अरे भैया ये तो हमें फिर और ज्यादा डबल स्टाफ करना पड़ता है इस चीज के लिए डबल तो। तो स्टाफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है मतलब कि एक दिन करे तब तो दोस्तों सही है बाकी जो ये काम है ना वो काफी ज्यादा हार्ड है कितने सिक्के नाये कार ऐसी होंगे ये सारे हम लेकर आए शौकते हैं वीडियो को को के के लिए जो जो उनको सारे सिक्कों में करवा दिया। तो अब जो के ना हम उनके पास जाने वाले हैं और देखने वाले हैं उनका कैसा रिएक्शन होता है तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो और सर आपका क्या हाल है सर बस बढ़िया है लेकिन आज ये कौन सी डूटी में लगा दिया आज आपने मुझे सर बहुत बढ़िया काम है न नहीं बढ़िया काम तो है सर लेकिन और आप ही गिन रहे हो और बाहर और पूरी जो आपका है ना टीम वो पूरी पूरी बाहर और गिन रही है ओके okay, सर तो मतलब कि जो ये काम है ना वो कितनी देर में पूरा हो जाएगा आपके हिसाब से मुझे कार कितनी देर में मिल जाएगी सर देखिए अब ये तो शाम तक रात तक ही हो पाएगा रात तक चल तो रहा है काम देखिए गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग तो भाई लोग यहाँ पर तो आप देख सकते हो जो काम है ना वो काफ़ी ज्यादा तेजी से चल रहा है तो इनका इरादा है कि ये आज ही मुझे कार दिला के भेजेंगे और आपको कैसा लग रहा है इतने सारे सिक्के गिन के, के मज़ा आ रहा है टिक्के मज़ा आ रहा है मतलब कि आप लॉकडाउन में तो आराम से फुल मजे लेते थे और अब आ गए बहुत ज़्यादा काम और आपका क्या रिएक्शन है एकदम शानदार पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस है कि बारह लाख के सिक्के हम लोग गिनने में बैठे हुए हैं यहाँ पे लेकिन हाँ ये इनिशिएटिव आपका बहुत शानदार है पहली बार ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ हम सिक्को में गाड़ियाँ दे रहे हैं अपने कस्टमर को जी गाइस पूरा, पूरा, पूरा का पूरा बहुत ही बढ़िया माहौल है यहाँ का मतलब कि सारे का सारे काम पर लगा हुआ है पूरा का पूरा स्टाफ सभी का सभी काउंटर पर यही काम चल रहा है और यहाँ पर भी आप देख सकते हो पूरे पूरे सिक्के घिने जा रहे हैं तो अभी तक आपने कितने रुपये घिन लिया है टोटल दोस्तों केवल 200 जो है ना 200 सिक्के हैं ये वाले और सबसे ज़्यादा कम काम मुझे लग रहा है यही कर रहे हैं और बाकी आप देख रहे हो जो भाई ऊपर है ना तो सारे सिक्के था लगातार लगातार सारे के सारे, सारे सिक्के गिन रहे हैं और बाकी ये वाला काम आपको कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है बट मैंने तो मेरी लाइफ में पहली बार इतने सिक्के देखे भाई सभी के सभी परेशान हैं इन सिक्कों को गिनते हुए और बाकी आप देख सकते हो बहुत सारे सिक्के अभी तक हमारे पास जो वो कार है ना उसके अंदर बहुत सारे सिक्के भरे हुए हैं तो उनको भी हम बारी बारी से लाते जाएंगे और जो अपने बोलोरा है ना उसको लेके जाएंगे सिक्कों से खरीद कर बाहर तो भाई लोग जो ये काम है ना वो देखने में काफी ज्यादा सरल लगता है लेकिन है ना काफी ज्यादा हार्ड है अगर इन्होंने कोई भी मिस्टेक करी तो यार कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा तो मतलब कि हर एक सिक्के को बिल्कुल सावधानी ऐसी घिना जाता है और जो है ना हिसाब को बिल्कुल क्लियर रखा जाता है तो बाकी आप देख सकते हो जो काम है ना कितना ज्यादा फटाफट किया जा रहा है भाई लोग जो हमारे सिक्के है ना वो पूरे के पूरे घिने जा चुके हैं और आपको कैसा लगा सारे सिक्कों को घिन कर बता दो हमारी गाड़ी कहाँ पर है तो गाई ये आ चुकी है अपनी बलोरों की चाबी और जो अपने बारह लाख रूपए थे ना सिक्को के बारह लाख रूपए पूरे कोइन वो पूरे के पूरे घिने जा चुके हैं तो चलिए ये अपनी कार भाई साहब यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमने पेमेंट किया ना वो क्या पूरा सिक्को की मदद से तो so गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो क्या करना है वीडियो का आपको को आपको करना है लाइक चैनल में नहीं हो तो करना खरीदा चैनल को सब्सक्राइब हम मिलते हैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में और देख सकते हो जो अपनी कार है ना वो खरीदी जा चुकी है कोई इनकी मदद से